हेलो दोस्तों आप लोग कैसे हैं हमें पता है कि आप लोग अच्छे होंगे घर पे होंगे दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि मेस्ट कैसे निकालते हैं तो मेस्ट निकालने से पहले हम आपके लिए बता दें कि मेरा नाम रोहित कुमार है और मेरे रुपया पुरान में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कमेंट लें सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे हमारा जो अगला वीडियो आए वो आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके दोस्तों मैं इस वीडियो में थोड़ा बताना चाह रहा हूं कि दोस्त जो होता है उसका क्या संबंध होता है जैसे ग्राम प्रधान होता है और भी जो मुखिया लोग होते हैं उनमें जो भी हमारे ग्राम पंचायत में काम होता है जो भी काम आता है नहर खुदाई हो गया तालाब खुदाई हो गया नाली वना हो गया पक्के से लेके कच्चा काम जो भी होता है उस काम के माध्यम से जितना भी रुपए आता है हम स्ट्रोल के माध्यम से उसको हम देख सकते हैं और हम लोग नरेगा मजदूरी में काम करने जाते हैं उसमें ये नहीं पता लगता है कि हमारी कितनी हाजिरी आई है कितना पेमेंट पड़ा है क्या नहीं है तो हम इस स्ट्रोल के माध्यम से पूरा जरिया निकाल सकते हैं और पूरा विरा खोल सकते हैं जिससे हम जा ग्राम प्रधान से और मुखिया से कह सकते हैं कि हमारा रुपये ये सब कहा जा रहा है तो चलिए चल हम बताते हैं कि इसको किस प्रकार से निकालते हैं तो सबसे पहले आप लोगों के लिए क्या करना है कि ब्राउज़र को ओपन कर लेना है अपने क्रॉन ब्राउजर को ओपन करने के बाद दोस्तों एक भी बताना चाहेंगे कि आप इस चीज को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं ऐसा नहीं है कि हम लैपटॉप पर वीडियो बना रहे हैं तो लैपटॉप पर ही देख सकते हैं आप लोग मोबाइल में भी देख सकते हैं तो इसमें आपके लिए क्या टाइप करना है यहाँ पर टाइप करना होगा आपके लिए न सिटी नरेगा ही टाइप करती हैं तो हर नरेगा से टाइप करने के बाद हमारी एक वेबसाइट खुलती है जिसका नाम है यहाँ पे आपके लिए बहुत सारी वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी मगर आपके लिए किस, किसी वेबसाइट पे ना जाते हुए यहाँ पे जाना है आपके लिए ग्राम पंचायत इसको खोलने के बाद आप देख सकते हैं ये हमारा इस प्रकार से पेज ओपन होता है आपको इतने सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे किसी ऑप्शन पर नहीं जाना है आपके दिख रहा है कि हमारा यहाँ पे आ गया ग्राम पंचायत नरेगा वाली साइड खुल चुकी है तो आप ज़्यादा इसमें कहे ना जाते हुए सीधा प्रोसेस आपके लिए बताएंगे कि यहाँ पे लिखा जाता है जेंडर रिपोर्ट्स इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा जो भी आपका राज्य होता है उसमें आपको सिलेक्शन कर लेना जो भी आपका यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे आ रहे हैं तो जो हमारा है उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ उत्तर प्रदेश और इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे जो भी सिलेक्शन आता है यहाँ पे जो वो हम पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे क्या है कि आप जिस भी साल का निकालना चाह रहे हैं जैसे कि हमें 2020 का निकालना है सत्रह का निकालना है बाईस का निकालना है तो यहाँ पे उसी प्रकार का कर सिलेक्शन करना है चलिए हम 2020 हज़ार का निकाल के निकारने निकारने दिखाते हैं किस बायस है। का यहाँ पे अपना आपके लिए फाइनल ईयर सेलेक्ट कर लेने फाइनल ईयर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आता है कि आपका जिला कौन सा है यहाँ पे आपके लिए अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने का और यहाँ पे अपना ब्लॉक सेलेक्ट करना है ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आता है यहाँ पे ग्राम पंचायत जो भी आपकी ग्राम पंचायत लगती है वो आपको ग्राम पंचायत यहाँ पे सिलेक्शन कर देना है हमने यहाँ पे कर दिया है आप भी यहाँ पे कर ले उसके बाद में अगला ये पेज ओपन हो जाता है यहाँ पे आपके दिखाता है कि यहाँ क्या चीज़ निकालनी है क्या नहीं निकालना पूरा व्यवरा यहाँ से अपने गाँव का निकाल सकते हैं तो यहाँ पे दिखाता है कि हमें मैस्ट रोल निकालना है मैस्ट रोल का ऑप्शन पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद हमारा अगला पेज ओपन हो जाता है यहाँ पे लिखा जाए ईशू नस्ट रोड और यहाँ पे फाइनल मस्ट रोड तो फाइनल ही वाला निकालते हैं इशू वाला भी नहीं निकालते हैं यहाँ पे बहुत से लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में परेशान हो जाते हैं तो यहाँ पर हम बताते हैं ज़्यादा कुछ प्रोसेस ऐसा नहीं है जिसमें आप घबराने की ज़रूरत नहीं होती है यहाँ पर आपके लिए सिलेक्ट सिलक करना है कार्य कार्य पर सर्च करने के बाद कहता है कि आप ये बताइए कि यहाँ पर आपका जो कार्य हो रहा है वो कहाँ पर हुआ है कौन सा हुआ है यहाँ पे बहुत सारे कार्य दिखाते दिखा रहा है यहाँ पे जैसे कि अगर आपके कोई सड़क खुदी है या आपको कच्चा काम हुआ तो यहाँ पे दिखाता है पूरा कि किसके जैसे कहता है लेख राज के खेत के पास से ताला खुदाई हो गया किसी के पास से कोई सा काम हुआ जो भी काम हुआ है यहाँ पर पूरा उसी के माध्यम से दिया हुआ होता है आप लोग अपने गाँव के हिसाब से यहाँ पर च्वाइस कर लें हमारे गाँव में कौन सा काम कहाँ पर हुआ है यहाँ पर दिखा रहा है कि पंचायत उदयपुर में जो भी होता है बाउंड्री हो गई बाउंड्री भी होता है भवन निर्माण हो गया जो भी होता है वो सब यहाँ पे पूरा लिखा हुआ रहता है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे क्या खुदाई हुई है उसको हम देखते हैं हमारे यहाँ पे कह रहा है कि एक भी खेत के पास से ताला खुदाई ताला खुदाई के पास का विरा निकालते हैं तो ये अपने आप फिर वो वेट करने के लिए कह रहा है यहाँ पर पूरा संरक्षण हो जाता है थोड़ी देर रुकना पड़ेगा इसके बाद में यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा ये सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कहता है कि एम एस आर संख्या एम एस आर संख्या का मतलब होता है कि ये मस्टोल कितने सीटों में मतलब निकला हुआ है कितने लिस्टों में निकाला गया है तो यहाँ पे आप कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे स्टार्टिंग से आप देखेंगे कि हमारे गांव में और दूसरा गांव जितने भी गांव लगते हैं उसमें कौन कौन से नाम हमारे फंसे हुए हैं कौन से लिस्ट में नाम नहीं है किसका नाम है किसका नहीं है कौन काम करने गया है नहीं गया है यहाँ पे आप पूरा प्रोसेस देख सकते हैं तो ये कहता है प्लीज वेट आम के लिए एक दो सेकंड का वक्त लग सकता है दो तीन मिनट का भी लग सकता है कृपया करके यहाँ थोड़ा देर इंतजार करें तो यहाँ तो यहाँ पर यह खुल जाता है और दिखाता है कि हमारा मेस्टर ओपन हो गया है इसको वो दिखाते हैं कि इसको कहते हैं मेस्टर आप देख सकते हैं कि मेस्टोल हमारा ओपन हो गया यहाँ पर आप शुरू से देख सकते हैं जो भी यहाँ पे नाम होते हैं गाँव के नाम होते हैं यहाँ पे टोटल लिखाया जा रहा है कि कौन के नाम पे कितनी हाजरी है कितने में मेस्टोर निकला हुआ कितना रुपए मिल रहा टोटल रुपए कितना हो गया कौन सी बैंक है कौन सी बैंक नहीं है कब रुपए डला हुआ टोटल यहाँ पे दिखाया जाता है यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पे बुरा दिखाया जा रहा है यहाँ पे कुल हाजिरी भी दिखाई जा रही है कितनी कितनी हाजिरी लोगों की डली हुई है और ये कितने दिनों का निकला हुआ है यहाँ पे ये टोटल होता दिखाया जाता है यहाँ पे हम सब कुछ देख सकते हैं मानते अगर इसमें आपका नाम नहीं है तो यहाँ पे कई सारे ऐसे में संख्याएं दिखाई जाती हैं इसमें से आप खुद सेलेक्ट करते रहो करते रहो कोई ना किसी में नाम होगा टोटली नाम दिखाए जाएंगे कि जो काम हुआ है उस काम तालाब खुदाई हुई है नहर खुदाई हुई जो भी हुआ है उसमें दिखाया जाएगा कितने मेस्ट निकले हुए हर एक में किसके नाम आया हुआ है तो कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखें वीडियो को पूरा देखने के बाद हमारे वीडियो को लाइक कमेंट्स और शेयर जरूर करें बाकी हम चलते हैं जय हिंद दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हुई लाइक जरूर